सभी भाइयों को जय श्री राम आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दास फिल्म स्टूडियो पर हार्दिक स्वागत है आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको राणा गुरदान सैनी जी के बारे में जिसका दूसरा भाग यदि आपने पहला भाग नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट पॉक्स में है तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को सात जुलाई बारह को रणथंबोर में एक नए सूर्य का उद्योग हुआ था जिसका नाम था हमीरदेव चौहान क्योंकि महाराजा जैत सिंह के पुत्र हुआ था हमीरदेव चौहान इनके नाम पर ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि जैत्र सिंह का यह पुत्र रणथंबोर को राज्य से साम्राज्य में परिवर्तित कर देगा तभी से जैत सिंह ने अपने तीसरे पुत्र हमीर को रणथम्बोर का शासक बनाने का निश्चय कर लिया हमीर बाल्यकाल से ही चतुर, वीर और निडर थे वे पारंगत हो गए। उनके बड़े भाई भी उनसे ईर्ष्या रखकर उसे शासक बनाने का निश्चय कर लिया सन बारह में जयत्र सिंह का निधन हो गया फिर 16 दिसंबर बारह को हमीर देव चौहान रणथम्बोर के शासक बने इस समय उनकी आयु मात्र 10 वर्ष थी लेकिन उनका लक्ष्य बहुत बड़ा था उनका लक्ष्य दिग्विजय था इस कार्य में उनका सहयोग मुख्य रूप से बड़े भाई वीरमदेव चौहान और सेनापति गुरुदान सैनी ने किया दिग्विजय अभियान में हमीर ने सर्वप्रथम बामरस के राजा अर्जुन को हराया फिर मांडलगढ़ के दुर्ग पर अधिकार कर लिया परमार शासक भीमद्वित्य को हराया इस प्रकार चित्तौड़ आबू वर्दरपुर पुष्कर खंडेला चंपा कंकरीला शिवपुरी मालवा मथुरा भरतपुर कोटा शाखी पर विजय प्राप्त करके वापस रणथंबर लौट आया वहां पर उन्होंने नौ कोटि के राजाओं पर हमीरदेव चौहान से कर लिया जाता था गुरदान सैनी की सलाह पर हमीरदेव चौहान ने दिल्ली सल्तनत की को कर देना बंद कर दिया था हमीर ने गुरुदान को वीर श्रेष्ठ राणा की उपाधि प्रदान की सन 1290 में दिल्ली सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी बना यह महत्वाकांक्षी शासक था जिस कारण उसने रणथम्बोर पर आक्रमण किया आक्रमण का मन बना लिया उसने रणथम्बोर की कुंजी दुर्ग छानगढ़ पर कब्जा कर लिया हमीर को जब यह सूचना मिली तो उसने राणा गुरुदान सैनी को भेजा राणा गुरुदान सैनी दस सैनिकों के साथ था और जलालुद्दीन खिलजी अस्सी हजार सैनिकों के साथ था फिर भी राणा गुरुदान सैनी के नेतृत्व में सेना ने फिरता पूर्व मुकाबला किया और जलालुद्दीन ने छल का प्रयोग किया और एक अन्य सेनापति धर्म सिंह को धनका लालच में लिया और धर्म सिंह ने धोखे से पीछे से कुर्दान सैनी पर बार किया जिससे भी वीरगति को प्राप्त हो गए जब हमीर को इस बात का पता चला तो उसने धोखा करने वाले सेनापति धर्म सिंह को अंधा करवा दिया हमीर देव चौहान ने अपने प्रिय अविश्वासपात सेनापति को खो दिया था उनकी वीरगति पर महाराजा चौहान ने कहा था आज वीर गति पर सैनी को महाराजा हमीर ने अपना सेनापति बनाया था तो दोस्तों तो इस वीडियो में इतना ही आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर शेयर करें और बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ हम ऐसी नई नई वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते जाएंगे जय हिंद जय जै भारत जय श्री राम